जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल दीपक सिंह ग्रीन थ्रीव्यू में सबसे ज़्यादा जो आपको भी इंतजार था कि आपकी आंसर की कब आने वाली है उसका तो अभी नहीं पता है लेकिन एक, एक हफ्ते के अंदर जो है आ जाएगी लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है वो है आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी का तो वो डिस्ट्रीब्यूट है जो आपकी अलग अलग हो आ गई हैं बॉर्डर एरिया नक्सल एरिया कैटेगरी वाइज सबको भी आपको पता चल जाएगा किस कैटेगरी में किस एरिया में किस डिस्ट्रिक्ट में कितने क्या वैकेंसी हैं तो देखो सबसे पहले जो है आपके नॉर्मल जो एरिया रहते हैं आपकी जो कैटेगरी रहती है एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल वगैरह उनकी वैकेंसी यहाँ पर टोटल दी हुई है और यहाँ पर स्टेट वाइज दिया हुआ है और ये जैसे कि बीएसएफ है ए है ए है एसएसबी है आईटीबीपी है सब नाइजल एसएसएफ है और यहाँ पे जो है उनका ग्रांड टोटल करके दिया हुआ है आपकी कैटेगरी वाइज ये अलग अलग वैकेंसी दी हुई ए की और इसके बाद अपन आते हैं आगे तो आँगे यहाँ पे देखें ये है बॉडर डिस्ट्रिक एरिया की जिनके भी बॉडर डिस्ट्रिक हैं वहाँ पे कट ऑफ कम ही जाती है तो ये आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक एरिया की है सॉरी नक्सल की है नक्सल एफेक्टेड जो डिस्ट्रिक हैं आपकी नक्सल एरिया वो नक्सल से प्रभावित है उनकी वैकेंसी है और क्या ट्रेन में है थोड़ी आवाज़ और जल्दी जल्दी वीडियो बनेगी तो उसके लिए माफ़ करना उसके बाद देखो आप ये हल्ला उसके बाद है बॉर्डर गार्डियंस जो आपकी बॉर्डर एरिया है उसकी है देख लो आप यहाँ पर लिखा हुआ है तो सब की अलग अलग दी हुई है उसके बाद मतलब जो बुरा टोटल है ना आपका बढ़ के ही आया है और ये मेल फीमेल अलग अलग दी हुई है और ये देखो फीमेल की वैकेंसी आ गई है जो आपके नक्सल अफेक्टेड एरिया है उसके बाद ये फीमेल की है जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है और जो आपकी जो यहाँ आप पे टोटल वैकेंसी है मेल फीमेल यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल की हो गई है इकतालीस हज़ार दो सौ पचास सॉरी एक मिनट हाँ इकतालीस मेल की हो गई है और यहाँ पर आते हैं बन इकतालीस और टोटल हो गई है जो चालीस हज़ार पाँच हज़ार दस तो फीमेल की वैकेंसी है और यहाँ पे एन सी की एस में सत्ताईस एसटी में बारह ओ में चालीस ईडब्ल्यूएस में तेईस है यू में तेतर एन की वैकेंसी अलग है एस की वैकेंसी अलग है तो देखो वीडियो हम ज़्यादा डिटेल ही नहीं बना पाएंगे तो क्योंकि ट्रेन में है और आपको पता नहीं आवाज़ भी कैसे आ रहा है जो तो सबसे महंगा इन्फॉर्मेशन देने का क्योंकि तो अभी सबसे ज़्यादा आपको डर लगा हुआ है और नोटिफिकेशन आ रहा है उनके लिए माफ़ करना तो आप यहाँ पे जो चार्ट है आपके लिए आपको जो एसएससी की वेबसाइट है उस पे जाए नोटिफिकेशन वाले एरिया में वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा और आप अपने एरिया की पूरी वैकेंसी देख सकते हैं और जो है टेलीग्राम चैनल में भी आपको हमारे जो है मिल जाएगा और बाकी अगर आपको व्हाट्सअप वगैरह पर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में, में नंबर दिया हुआ है हम तो आपको सेंड कर देंगे और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि तो अलग अलग डिस्ट्रिक की बताएँगे अलग अलग जैसे वो अपन किस में कितनी वैकेंसी है तो टाइम भी लगेगा और ट्रेन में भी है तो मिलते हैं फिर अपन सब बेंगलोर जा रहे हैं आप सबको पता है इसी के साथ ही फिर जय हिंद जय भारत धन्यवाद